हेलो एवरीवन वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो सेकंड पार्ट है रेस्ट एपीआई ऐप का और लास्ट वीडियो में मैंने रेस्ट एपीआई पर बात की थी और इस वीडियो में मैं रेस्ट एपीआई को यूज करके एक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाला हूँ इस तरह का एप्लीकेशन यहाँ पर एनिमी का नाम कैरेक्टर और उस कैरेक्टर का कोट शो होगा और जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एनिमे का कैरेक्टर और उसका कोड शो होगा और ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो इन्फाइटली कैरेक्टर्स आते जाएंगे बहुत सारे ये तो नेक्स्ट uh, डेटा आ रहा होगा और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने इसमें कोई एनीमे स्टोर नहीं किया है कोई नाम स्टोर नहीं किया है ये एक लोकल डेटा से सारा कर, सारा डेटा फैच हो आ रहा है और हमने कोई डेटा ऐड नहीं किया और रेस्ट ए को यूज़ करके ये ऐप मैं क्रिएट करूँगा और वॉली लाइब्रेरी को भी यूज़ करूँगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर एक बेसिक लेआउट क्रिएट किया है जहाँ पर मैंने गेम एज यू को यूज़ किया है ये सारे टेक्स्ट यूज है। यहाँ पर शो का एनिमी का नाम यहाँ पर कैरेक्टर का नाम यहाँ पर उसका कोट और ये नेक्स्ट बटन है तो ये एक सिंपल सा लेआउट मैंने क्रिएट किया है जहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक लीनियर लेआउट और उसमें देन स्क्रोल लेआउट यूज किया है ताकि जब ये कोट थोड़ा बड़ा कोट आ जाए तो ये पूरा स्क्रोल हो जाए और दैन बस इतना ही किया है एंड देन मेन एक्टिविटी में मैंने इन सभी चीज़ों को इनिशलाइज़ किया है फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेक्सट व्यू मैंने चार टेक्सट व्यू जो यूज़ किए जिसमें शो होगा नाम उन्हें इनिशलाइज़ किया है एंड देन एक बटन को इनिशलाइज़ किया है और यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आई डी फंक्शन का यूज़ करके uh, सभी की आई डीज फाइंड आउट किए एंड देन अभी हम नेक्स्ट uh, स्टेप करेंगे जो कि है इस बटन पर क्लिक होगा तो जो एक्शन परफॉर्म होगा वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर ऑन क्लिक लिसनर लगाऊंगा नेक्स्ट बटन पर अब इस बटन पर क्लिक होने पर हम यूज करेंगे वॉली लाइब्रेरी को और एपीआई से डेटा लेके आएंगे और देन उस टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे यहां पर मैंने वॉली लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन ओपन की है और इसमें ये चार पांच ऑप्शंस uh, है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंड अ सिंपल रिक्वेस्ट इसे ओपन करूँगा और देन यहाँ पर अच्छे से बताया है कि कैसे वॉली लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉली लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो उसके लिए ओवरव्यू में आएंगे और यहाँ पर वॉली लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी है इसे जस्ट कॉपी करना है ग्रेडर में पेश करना होता है डिपेंडेंसी सेक्शन में वॉली लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे सिंक करेंगे प्रोजेक्ट को तो वॉली लाइब्रेरी इंप्लीमेंट हो चुकी है अब हमें करना है अगला स्टेप तो उसके लिए एक सिंपल रिक्वेस्ट जनरेट करनी है हमें एक रिक्वेस्ट क्यू को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है रिक्वेस्ट क्यू मतलब क्यू मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एक, एक क्योंकि अगर हमने मल्टीपल रिक्वेस्ट जनरेट की तो वो एक क्यू में चली जाएगी एंड देन वो क्यू एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट रिक्वेस्ट उसके बाद सेकंड रिक्वेस्ट उसके बाद थर्ड रिक्वेस्ट एंड उसी तरह आगे रिक्वेस्ट बढ़ जाएंगे एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सो so, इस लाइन को कापी करेंगे एंड देन ऑन क्लिक लिस्नर पर और जब बटन पर क्लिक होगा तो एक क्यू जनरेट हो जाएगा अब यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इसे और कॉन्टेक्ट दे देंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस अब हमें देना है यू आर का तो मैंने एक यू में इस स्ट्रिंग को स्टोर किया है और यह ए पी और यहाँ से सारा का सारा डेटा आ रहा होगा ये एक ओपन सोर्स एपीआई है और यह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अब हमें करना है कि एक रिक्वेस्ट जनरेट एक रिक्वेस्ट क्यों क्रिएट कर लिया और यू सेव कर लिया नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर दिया है पर हमें एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट नहीं जनरेट करनी है स्ट्रिंग रिक्वेस्ट से क्या होगा कि जो भी डेटा आएगा वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा पर हमें जैसन ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए मेक अ स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट और यहाँ पर हमें जेसन में डेटा मिल जाएगा जेसन में डेटा क्या होता है अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए दिखाता ये कॉपी करके यहाँ पर हम रन करेंगे इसे मतलब पेस्ट करके रन करेंगे तो इस फॉर्मेट में डेटा आ रहा होगा यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स में डेटा आ रहा होगा एनिमे और उसका नाम कैरेक्टर उसकी वैल्यू कोट उसकी वैल्यू और जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर ये रैंडम डेटा उठा कर ला रहा है उसके सर्वर से तो हर बार जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो एक नया एनिमे कैरेक्टर और कोड जनरेट होगा तो एक जेसन रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और सिंपली यहां से ये यह कॉपी करना है पूरा का पूरा और यहां पर पूरा का पूरा पेस्ट कर देंगे एज इट इज़ वे इन सारे एरर्स को हटाने के लिए इम्पोर्ट करेंगे सारे पैकेजेस को यहाँ पर जे रह गए जेसन रिक्वेस्ट ओके सो एक जेसन रिक्वेस्ट क्रिएट किया और सो अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो यूआरएल है यहाँ पर जो यूआरएल पास होगा वो ये यूआरएल पास होगा यूआरएल और जो ये पूरा और पूरा यूआरएल है वो इस ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट में पास होगा यहाँ पर क्योंकि ये सिमिलर है देखो तो ये पूरा यहाँ पर जाएगा और हमें कुछ नहीं करना अपने आप एक रिस्पांस आ जाएगा जेसन का इस वेरिएबल में और यहाँ से हमें गेट करना है बस तो ऑन रिस्पांस ये रिस्पांस वेरिएबल इसमें सारा का सारा जेसन डेटा है देखो जेसन ऑब्जेक्ट है ये और ये रिस्पांस उसका ऑब्जेक्ट है जेसन ऑब्जेक्ट का सो तो यहाँ से बस हमें गेट कराना है ये चीज़ें तो मैं एक स्ट्रींग वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एनीमे ने एनिमे का नाम और उसमें एनिमे का नाम स्टोर होगा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पर की पास करनी है अब यह की क्या है तो उसके लिए ये की है और ये वैल्यू है तो एज इट इज़ ये सेम टू सेम नाम डालने पर यह वैल्यू मिल जाएगी रिस्पॉन्स से तो यहाँ पर पेश करना सो इस एनिमे नेम में स्टोर uh, होना चाहिए anime का नाम सो so, ये की यूज़ करूँगा मैं anime और यहाँ पर पास कर दूँगा anime और इसी तरह और दो स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा और उसमें जो बाकी दो डेटा है उसके कीज दे दूँगा anime character और anime quote और यहां पर कैरेक्टर एंड कोट को पास कर दूंगा सेम कैरेक्टर एंड कोट यहां पर पास कोट अब इस स्ट्रिंग में सारा का सारा डेटा स्टोर हो गया एनिमी नेम में एनिमी का नाम स्टोर हो गया एनिमे कैरेक्टर में वो कैरेक्टर स्टोर हो गया और उसका एनिमे कोट में उसका कोट स्टोर हो गया अब जो और अब जो टेक्स्ट व्यू है उसे उस पर हमें सिर्फ इस नाम को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सारे टेक्स्ट व्यूज फाइंड आउट किए फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन से इनिशियलाइज़ किए सो एनीमे नेम एनीमे कैरेक्टर और एनीमे कोट एंड मैंने यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे एनिमे नेम डॉट सेट टेक्स्ट एनीमे टेक्स्ट और एनिमे नेम और इसी तरह दो, बाकी दोनों इसके लिए सेट करना है एनिमे कैरेक्टर एंड कोट पीला भी वहीं थे का एनिमा नहीं नौ? एक लास्ट चीज है जो हमें करनी है और वो है जो हमने जेसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट अब जो हमने जेसन की ये रिक्वेस्ट क्रिएट की है उसे इस क्यू में ऐड करना है तो उसके लिए यहां पर सेंड सिंपल रिक्वेस्ट में ये वाली लाइन यूज करेंगे क्यू डॉट ऐड और उसमें जेसन का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर क्यू डॉट एड और जेसन रिक्वेस्ट ऑमजेक रिक्वेस्ट और इसके बाद और एक चीज करनी है वो है इंटरनेट परमिशन को ऐड करना है उसके बिना ये ऐप रन नहीं होगा तो यहाँ पर यूजर परमिशन में इंटरनेट की परमिशन ऐड कर देंगे